बुजुर्ग डाबरा की बात सुनकर ध्रुव और वो सफेद कपड़ों वाली लड़की एक शांत कमरे में आ गए थे इस दौरान ध्रुव बिना पल के उस लड़की को देखे जा रहा था जो फिलहाल कमरे के एक छोर पर बैठी हुई थी ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो मासूम सी दिखती लड़की हकीकत में एक तिलस्मी जानवर से बदलकर इंसान बनी थी पैदा होने के बाद यह पहली बार था जब ध्रुव ने किसी ऐसे इंसान को देखा था जो तिलस्मी जानवर से बदलकर इंसान बना था यही वजह थी कि उसे इस वक्त बहुत हैरानी महसूस हो रही थी तभी ध्रुव ने कुछ याद करते हुए सोचा अब मेरी समझ में आया कि यह लड़की जड़ी बूटियों को कच्चा कैसे खा जाती है है तो ये एक तलस्मी जानवर ही और एक तलस्मी जानवर का शरीर आसानी से जड़ी बूटियों की शक्ति को झेलने में कामयाब रहता है ध्रुव यह सोच ही रहा था कि तभी उस लड़की ने देखा कि ध्रुव लगातार कैसे उसे देखे जा रहा था इस बात से वो थोड़ी नाराज हो गई और उसने तुरंत ध्रुव से कहा अगर जी भर के देख लिया हो तो अब जल्दी दवा भी बना दो इतना कहते ही उसने तुरंत अपने हाथों में रखी सोन पत्थरी ध्रुव की तरफ फेंकी जाहिर सी बात है कि जब बुजुर्ग डाबरा ने ध्रुव को उसके बारे में बताया था तो धीमी आवाज होने के बावजूद उसे सब कुछ हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया ऐसा करते ही उसने तुरंत हाथ लहराते हुए अपनी जादुई कढ़ाई बाहर निकाली कुछ वक्त पहले ध्रुव की जादुई कढ़ाई हाशिम से मुकाबला करते वक्त फूट गई थी यही वजह थी कि इस बार ध्रुव ने सौदा बाजार से एक और कढ़ाई खरीद ली थी वैसे तो इस बार की उसकी कढ़ाई का रैंक पिछली बार की तरह था लेकिन ध्रुव जानता था कि कम से कम वो कढ़ाई रैंक पांच की गोली बनाने के काबिल तो थी इसके तुरंत बाद ध्रुव ने एक बार फिर अपना हाथ लहराया जिसमें से हरे रंग की रोशनी दिखाई देने लगी उसके बाद वो उस रोशनी को कढ़ाई के अंदर डालने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसे देखकर वो हैरान रह गया वो देख रहा था कि ध्रुव के हाथ में रोशनी जलते देख वो लड़की धीरे धीरे घबरा दूर होने लगी थी यहां तक कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ भी दिखने लगा था फिर ध्रुव कुछ पलों तक तो उसकी आंखों में दिखाई देते डर को ही देखता रहा और अचानक से उसे समझ आने लगा कि उस लड़की का ऐसा हाल क्यों हो रहा था दरअसल उस लड़की ने महसूस कर लिया था कि ध्रुव के हाथ में जलती दिव्य रोशनी किसी मायने में मामूली रोशनी नहीं थी आम तौर पर अगर कोई तलस्मी जानवर आगमूल शक्ति का नहीं होता था तो उसे रोशनियों की गर्माहट से थोड़ी घबराहट होती थी मगर यह रोशनी तो मामूली रोशनी से बहुत खतरनाक लग रही थी तभी ध्रुव ने उस लड़की को समझाते हुए कहा ऐिक्र मत करो सब ठीक है इतना कहकर उसने तुरंत अपने हाथों में जलती रोशनी को अपनी जादुई कढ़ाई के अंदर डाला जिसे देखकर उस लड़की के चेहरे की घबराहट कम होती दिखाई दी फिर ध्रुव इंतजार करने लगा कि उसकी रोशनी उस कढ़ाई को गर्म करने लगे और जैसे ही उसे जादुई कढ़ाई गर्म होती हुई दिखाई दी तो उसने तुरंत सोनपथरी उठाकर उस कढ़ाई में झोंक दी ऐसा करते ही उसने कढ़ाई में जलती रोशनी को अपना हाथ लहराकर और ज्यादा बढ़ाया ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि उसके लिए गोली तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं थी इसलिए ध्रुव ने अपनी बहुत सी अंदरूनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं की वो जानता था कि अगर कढ़ाई अच्छी तरह गरम ही हो गई तो भी उसका काम बन जाता इस दौरान दवा बनाते बनाते ध्रुव का ध्यान उस सफेद कपड़ों वाली लड़की की तरफ भी हो रहा था जब से ध्रुव को उसकी पहचान के बारे में पता चला था तब से वो उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था वहीं वो लड़की लगातार इस वक्त कढ़ाई के अंदर ही देखे जा रही थी जिस दौरान वह अपनी पल झपकाना भी भूल गई थी तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उस लड़की से सवाल किया बहना तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं देख सच जवाब देना और ध्रुव का सवाल सुनकर उस लड़की की नजर कड़ाई से हटी नहीं और उसने ध्रुव से कहा हा तुम पूछ सकते हो वहीं उसे सवाल पूछने की इजाजत देते ध्रुव दे, ने मुस्कुराते हुए अपना सवाल पूछा। मुझे याद है कि अगर किसी तिलसमी जानवर को इंसान में बदलना होता है तो उन्हें कम से कम शक्ति सम्राट रैंक जितना ताकतवर तो होना ही पड़ता है कहीं तुम शक्ति सम्राट तो नहीं हो जाहिर सी बात है कि ध्रुव को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठी लड़की एक शक्ति सम्राट हो सकती थी वैसे तो उसकी ताकत वाकई ध्रुव की सोच से ज्यादा थी मगर उसके बावजूद उसकी शक्तियां शक्तिमान रैंक से ज्यादा नहीं लग रही थी इतने में उस लड़की ने ध्रुव के सवाल का जवाब देते हुए कहा नहीं मैं इतनी भी ज्यादा ताकतवर नहीं हूं वो तो बस मैंने एक दिन गलती से एक बहुत ही अनोखी जड़ी बूटी खा ली थी जिसका नाम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन घास था उसके बाद मैं अचानक से इंसान बन गई और वापस पहले जैसी हो ही नहीं पाई सच कहूं तो मैं ही अनोखी जड़ी बूटी इसलिए खाती हूं ताकि मैं जल्द से जल्द बड़ी और ताकतवर हो पाऊं ऐसा होने पर मैं अपनी मर्जी से तिलस्मी जानवर बन सकती हूँ तिलस्मी जानवर के लड़की बनने के पीछे क्या राज था। अच्छा तो तुमने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन घास खा ली थी तभी मैं सोचू दरअसल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन घास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की गोली बनाने के लिए एक जरूरी जड़ी बूटी थी यही वजह थी कि उसमें ऐसी खासियत थी कि वो किसी तिलस्मी जानवर को इंसान में बदल सके लेकिन अगर कोई तिलसमी जानवर इस घास को तब खा ले जब वो इसे खाने के लिए तैयार ना हो तब वो इस जड़ी बूटी का पूरा फायदा नहीं उठा सकता था यही वजह थी कि वो अपनी मर्जी से अपने असली रूप में नहीं बदल सकता था और इस मुश्किल से छूटने के लिए उसे शक्ति सम्राट रैंक हासिल करनी पड़ती थी तभी ध्रुव ने कढ़ाई के अंदर झांक कर सोनपथरी को दिव्य रोशनी से पिघलते देखा और उस लड़की से सवाल किया वैसे तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं ये सुनते ही उस लड़की ने तुरंत जवाब दिया मेरे कोई माँ बाप नहीं हैं जब से मैंने होश संभाला है तब से अब तक मैं अकेली ही रही हूँ जब मैं छोटी थी तब मुझे बाकी लोग बहुत परेशान किया करते थे इस वजह से मैं बहुत ज्यादा मायूस हो जाती थी फिर एक दिन मायूस बैठे हुए मुझे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाली घास देखी और मैंने उसे खा लिया तब एक दिन मेरी मुलाकात अंदरूनी हिस्से के बड़े बुजुर्ग से हुई और वो मुझे अपने साथ अंदरूनी हिस्से में ले आए तब से मैं यही रह रही हूँ ये कहते वक्त पुरानी यादें याद करते हुए उसके चेहरे पर आंसू आ गए थे इस दौरान ध्रुव थोड़ा हैरान हो गया और उसने उस लड़की के चेहरे पर हल्की मायूसी देखी इतने में ध्रुव भी उसकी बात सुनकर थोड़ा मायूस हो गया फिर उसने अपनी धीमी आवाज में कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है कम से कम यहाँ तो कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर अपनी ताकत का हल्का गुरूर दिखने लगा जिसके साथ उसने कहा वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा घबराते हैं ऐसे में वो मुझे परेशान करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन तुम जैसों को तो मैं एक झटके में खा जाऊंगी इस पर ध्रुव ने हल्की मजबूरी के साथ उसे समझाते हुए कहा देखो अगर आगे कभी तुम किसी से भी मिलो तो ऐसा बिल्कुल मत कहना कि तुम एक झटके में किसी को खा जाओगी इंसान ऐसा नहीं किया करते और इंसानों को ऐसा करना भी नहीं चाहिए इस दौरान ध्रुव को थोड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि वो लड़की इतने छोटे शरीर के साथ ऐसी बातें कर रही थी वही ध्रुव की बात सुनकर उस लड़की ने कुछ सोचते हुए कहा यही सच्चाई है और मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं खाया है, है। इसलिए आगे किसी को खाने के बारे में सोचना भी मत इतना कहकर उसने अपना हाथ लहराया और अचानक से जादुई कड़ाई में थोड़ा सा पाउडर गिरने लगा इसके तुरंत बाद वो सुनहरा लिक्विड जो सोन पथरी के पिघलने से तैयार हुआ था उस पाउडर से मिलने लगा फिर कुछ वक्त बाद ध्रुव ने उस लिक्विड को कड़ा करना शुरू कर दिया और पलक झपकते दवा भी इसी तरह बनाई जा सकती ये कहकर ध्रुव ने अपना हाथ एक बार फिर से लहराते हुए कड़ाई के अंदर की सारी गोलियां बाहर निकाली और उन्हें एक बोतल के अंदर भर दिया उसके बाद ध्रुव ने मुस्कुरा कर वो बोतल उस लड़की को पकड़ाते हुए कहा बहना तुम ये गोली खाकर क्यों नहीं देखती मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस गोली का स्वाद जड़ी बूटियों को कच्चा खाने से तो बेहतर होगा वही ध्रुव की बात सुनकर उस लड़की ने हड़बड़ाते हुए बाहर निकाली ऐसा करते उसने वो गर्मा गर्म गोली सीधे अपने मुंह के अंदर डालते हुए उसे चबाना शुरू किया और जैसे उस गोली का स्वाद उस लड़की की जुबान पर महसूस हुआ तो उसने खुशी से बोतल की तरफ देखते हुए कहा बात है ये गोली तो कितनी ज्यादा लजीज है इसके बाद ध्रुव ने अपनी स्टोरेज अंगूठी में से ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल बनाने की जड़ी बूटियां बाहर निकाली ऐसा करते ही सामने जमाते हुए उस लड़की से देखो, ये गोलियां सिर्फ तुम्हारे लिए है किसी और को यह देने की कोशिश भी मत करना नहीं तो शायद कोई इंसान इसे खाकर मरी जाए ध्रुव जानता था कि इस तरह की गोली सिर्फ वही खा सकती थी क्योंकि वो हकीकत में एक तिलसमी जानवर थी और एक तिलस्मी जानवर ही उस तरह की गोली के असर को झेल सकता था इसका मतलब किसी इंसान के लिए गोलियां बहुत ज्यादा खतरनाक थी इतने में उस लड़की ने कुछ सोचते हुए ध्रुव से कहा लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये गोलियां मेरे लिए कम पड़ जाएंगी इतना कहकर वो लड़की अपनी जगह से उठी और उसने बड़ों की तरह ध्रुव की पीठ थपथपाते हुए कहा शाबाश, तुमने अच्छा काम किया वैसे अगर अंदरूनी हिस्से में कभी तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे आकर बता देना मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी इस अंदरूनी हिस्से में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे खिलाफ खड़ा होने की जरूरत करे ये सुनकर ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या फिर अपनी ताकत की कमी का गम मनाए। लेकिन फिर उसने उस लड़की के मन पर अपना हाथ फेरते हुए कहा ठीक है अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं जरूर तुम्हारे पास आ जाऊंगा इस पर उस लड़की के चेहरे पर काफी खुशी दिखने लगी और उसने इसी खुशी में ध्रुव से सवाल किया और अगर मैंने ये सारी गोलियां खत्म कर दी तो क्या तुम मेरे लिए ऐसी और गोलियां बना दोगे इसे अपनी रक्षा करने का इनाम समझ लो उस लड़की के मुंह से यह सुनते ध्रुव मजबूरी में अपना सिरहिलाने लगा क्योंकि उसे लगा कि शायद वो लड़की अच्छे दिल बाली थी ध्रुव ने अपना हाथ लहरा कर उसे जवाब दिया ठीक है ठीक है जब तुम इस बोतल में भरी सारी गोलियां खा लो तो तुम आकर मुझे बता देना वैसे मेरा नाम और मेरे रहने की जगह तुम्हें पता है क्या हाँ मैं जानती हूं ध्रुव चौरे हो ना तुम उस बूढ़े बाबा ने तुम्हें यही कहकर पुकारा था रही बात तुम्हारे रहने की जगह की तो वो तो मैं पता लगा ही लूंगी ये कहते हुए उस लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो समझ रही थी कि अब उसे बेकार स्वाद वाली जड़ी बूटियां नहीं खानी पड़ेंगी क्योंकि अब उसे ध्रुव जो मिल गया था इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी इसके अलावा वो मन यह बात समझने लगी थी कि ध्रुव एक नीक दिल इंसान था जो दूसरों की मदद किया करता था तभी वो लड़की अपनी जगह पर खड़ी हुई और उसने हंसते हुए ध्रुव से कहा ठीक है तो फिर अब तुम दवा बनाने का काम जारी रखो सच कहूं तो यह काम बहुत बोरिंग है अच्छा है कि मैं हकीम नहीं हूँ नहीं तो मैं तो बोर होते होते ही मर जाती उसकी बात सुनकर ध्रुव ने देखा कि वो लड़की वहां से जाने लगी तभी ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उससे कहा, अरे बना अपना नाम तो बताती जाओ और ध्रुव की बात सुनते ही मेरा नाम है करिश्मा ये नाम मुझे बड़े बुजुर्ग नहीं दिया है लेकिन अंदरूनी हिस्से में सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा घबराते हैं इसलिए वो लोग चोरी छुपे मुझे जालिमा कहते हैं उन बेवकूफों को ये नहीं पता ये मुझे सब खबर हो जाती है इतना कहते ही उस लड़की ने दरवाजे पर मुक्का मारा जिससे वो दरवाजा एक झटके में खुल गया यह देखकर ध्रुव के माथे पर पसीना आने लगा क्योंकि वो दरवाजा ताकतवर शक्तियों से बंद था लेकिन इस लड़की ने तो उसे इतनी आसानी से खोल दिया था तभी ध्रुव ने हल्की नाराजगी के साथ उससे कहा अब क्या तुम मुझे खाकर ही जाओगी इस पर वो लड़की मुस्कुराने लगी और उसने धीरे से ध्रुव को जीप दिखाते हुए बाहर जाना शुरू किया वो लड़की मनी मन ध्रुव को अपना बड़ा भाई मानने लगी थी जिस वजह से वो उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी तभी उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा ध्रुव भैया आप अपनी दवा बनाते रहो मैं आप चलती हूँ जब मेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी तब मैं वापस आपसे आकर मिलूंगी ये कहते ही वो लड़की तुरंत दरवाजे से बाहर चली गई वहीं उसके जाने पर ध्रुव सोचने लगा कि वो लड़की थी तो बहुत प्यारी मगर बहुत खतरनाक भी थी यही सोचकर ध्रुव ने दवा बनाने के लिए एक बार फिर दिव्य अपने हाथ में जलाई मगर तभी अचानक दरवाजे से करिश्मा ने झांकते हुए ध्रुव को बताया अरे मैं एक बात बताना तो आपको भूली गई ध्रुव भैया ताकतवर रैंकिंग्स में मैं पहले रैंक पर हूँ इसलिए अगर कोई आपसे कुछ कहे ना तो बस उसे मेरा नाम बता देना बाकी उसकी हालत खराब खुद ही हो जाएगी <laughs> इतने में वो लड़की हंसते हुए हरे रंग की रोशनी अचानक से गायब हो गई फिर वो हैरानी भरे चेहरे के साथ दरवाजे की तरफ देख कर बड़बड़ाया ये, ये लड़की वही खतरनाक रैंक वन है जिसके जिक्र से ब्रूना डर से कांपने लगा था तो क्या होने वाला है आगे ध्रुव के इस रोमांचक और खतरों से भरे सफर में क्या वो कभी इस लड़की को चुनौती दे पाएगा जानने के लिए सुनते रहिए दिवनली आर्जी रिवांश के साथ सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट ऑफ एम